हेलो भाई आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम करेंगे मॉडिफाइड गेम्स चलते हैं खेलने के लिए हम गेम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम पार्क करके हम इसको मॉडिफाई करेंगे अभी पूरी न्यू गाड़ी इसको अभी हम मॉडिफाई करेंगे चलते हैं इसको पार्क करके अभी इसको मॉडिफाई करते हैं अब इसको पार्क करने के लिए करते हैं तब तो तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब एन करें देखिए गाड़ी पूरी सिंपल गाड़ी है इसको इसमें कस्टमाइज तो करके मॉडिफाइड जा पर जाके यहाँ पर ट्रैक्टर मॉडिफाई पर जाके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर हम बोल गार्ड लगाते हैं आगे देखिए गाइटी लग चुकी है अच्छी दिख रही है फिर से इसकी स्पीकर से भी मिलते हैं पीछे हैवी वाले यहाँ पर भी हैवी है ये है भी हैवी है ये है है। सिंपल है यहाँ पर ये भी देखिए चार गर्ड लग गए फिर से इसे, इसे लगाते हैं देखिए गाइट लग चुकी है एमेंट हैवी ट्राली भी लगा देते हैं ये लग चुकी है इसकी अब हेडलाइट चेंज करते हैं ये कहे है, हैड हेडलाइट पे जाके यहाँ पर हेडलाइट के ऑप्शन है यहाँ पर ठीक करके यहाँ पर हेडलाइट के बहुत सारे यहाँ कर सकते हैं आप जो मर्जी यहाँ पर देखिएगा इस बहुत सारे कलर हैं इसमें हम कोई भी कर सकते हैं हम तब फिलहाल के लिए हम रेड कर लेते हैं अब फिर से बॉडी कलर में जाके यहाँ पर इसको ब्लैक कर लेते हैं गाड़ी को देखिए गाइस इसकी टायर स्मोकिंग कलर भी कर लेते हैं जो इसको रेड कर लेते हैं यहाँ पे ऑयल्स बदल लेते हैं ये लग चुकी है और चलते हैं इसको ड्राइविंग करके देखने कैसे दिख रही है गाड़ी देखिए गाइस इसके टायर में से स्मोकिंग निकल रही है इसको चलते हैं ग्राउंड में ले जाके इसके चला के देखने कैसे चल रही है यहाँ पर ग्राउंड में पहुँच चुके हैं अब इसको अब कैमरा मोड करके इसको देखते हैं जी कैसे इसकी दिख रही है गाड़ी यहाँ पर कैमरा मोड करते हैं हम लोग ये देखिए गाइस पूरी भी एल दिख रही है इस स्क्रीन में ये देखिए गाइस इसमें एरोप्लेन भी जा रही है वहाँ पर देखें अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब एंड बैलन को दबाना ना भूलें